जन्मदिन की पार्टी में कुछ नया करके सोशल मीडिया पर वीडियो डालना ट्रेंड बन गया है मगर खजुराहो के युवकों को वीडियो वायरल करना भारी पड़ गया और अब जेल की हवा खानी पड़ रही है ये युवक जन्मदिन की पार्टी के दौरान हाथ में तमंचा लहराते हुए ठुमके लगा रहे थे जिसका वीडियो वायरल हो रहा है खबर खजुराहो से है जहां से जन्मदिन की पार्टी में तमंचे पर डिस्को करने वाले युवकों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये युवक हाथ में तमंचा लिए लगा रहे हैं। तमंचा इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध असला रखने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें